देखिए ज़रा क्या इस पर क्या लगा है इंटेनमेंट और अनब्रेकिंग है गाइजी उतना अच्छा नहीं है तो गुम हुआ तो मतलब गिल्ले तो गिल्ले बेटा इसमें यही वाली काम हो जाएगी गाइज़ वही चीज़ है नहीं नैदर है इसमें नैदर आइट विथ नैदर स्क्रैप छः छः मिले हैं छोटे छोटे स्वाइड ओके गाई जिन्हें हम लोग नहीं तंग करेंगे जाने दो छोटे छोटे हैं नहीं देते सुबह सुबह तो तो तो हम लोग को कुछ नहीं करेंगे अगर वो वाले हो तो ना मैं अरे यार कुछ अच्छा मिले नेदर पोर्टल के लिए कुछ तो मिलो गॉड oh भी गया था में क्या है यहाँ पर ओके उतना भी बुरा नहीं है क्या पकड़े खाना है अच्छा चलो खाने में कुछ तो है और बेड मिला हम लोग को हम लोग कहाँ पे स्पॉन हुए हैं ओके इसमें क्या है खाली मुझे लग ही रहा था ये खाली होगा मैं तो अभी डर ही गया था गई कि टीएनटी फिर से ना आ गया और इसमें क्या है सबसे देर तक टूटने वाला रखी ब्लॉक तो ज़्यादा अच्छा खासा नहीं था गई मैंने फ्लैट वर्ल्ड में भी एक बार खेला था बहुत पहले है खेला था मैंने जिसमें मुझे लक लग... अरे ट्राइडेंट और उसके साथ साथ ये भी मिला था ओके ये है लैप लजुली फजुली नहीं है मेरे पास लैपिस लजुली वो होता तो मैं आराम से कर लेता बो एंड डैरो मिला मुझे चलो अच्छी बात है इतना भी ख़राब नहीं है उतना भी खराब आइडिया नहीं है गाइज़ चलो बापरे गाइज बहुत अच्छा है ये वाला देखते किसको शूट करके देखता हूँ मैं यहां से से इसका मुझे लगता है इसका पार्ट टू भी बनाना पड़ेगा गाइज क्योंकि अभी तक मुझे कुछ अच्छा खासा नहीं मिला है तो मुझे लग रहा है पार्ट टू भी बनाना पड़ेगा तो आज एक काम करते हम लोग अंडे जिसे हम जिसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते यो क्या मिला वॉट वॉज दैट अच्छा है तो एक्स है हमारे पास नदर है कोई बड़ी बात नहीं हमारे पास नदर है डायरेक्ट कोब वेब वैसे उतना भी ख़राब नहीं है ओ नो ओ न जल्दी से तोड़ो इसको वरना अगर इसमें से आने लग गए ना तो गाइज़ अब आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या होगा एक काम करते इसको यहीं छोड़ देते इसमें से अभी तक एक भी निकला तो है नहीं हम अभी तक इसमें से एक भी स्पाइडर निकला नहीं तो आई थिंक ये सेफ़ है ग्लास एक काम करते इसे ग्लास से कवर कर देते हैं मेरे पास ब्लॉक्स तो बहुत सारे आ चुके आई थिंक ये अच्छा ही रहेगा कि हम लोग इसे ग्लास से कवर कर दें वरना अगर इसमें से निकलना शुरू हुआ है ना तो ये थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी गाइज़ शो के लिए से रख सकते हैं yes, दिखा सकते हैं ये देखिए शो है ये हमारा यहाँ पे कोई एंटर नहीं करेगा गाइज और यहाँ से कोई निकलेगा भी नहीं आई थिंक सो हम लोग को एक नेक्स्ट दो चार ब्लॉक्स और तोड़ने चाहिए और इसका मैं सेकंड पार्ट निकालूंगा गाइज क्योंकि मैथ हो चुका बहुत बोर क्या निकलेगा क्या निकलेगा हेस्ट देख तो तोड़ के देखते हैं पागल आ गया दिमाग खराब करने आ गया मर मर आउच एक बार मर गया ना गाइस ओ नो खत्म गाइस मैं इसका सेकंड पार्ट निकालता हूँ गाइस तो गाइज मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में टूल बड़ी एन बाय बाय बाय बाय